हेलो दोस्तों क्या आप भी अपने चैनल पर सब्सक्राइब पाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप बहुत ही अच्छे चैनल पर आए हैं जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन हब और मैं यहां आपको बताने वाला हूं क्या आप अपने सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं दोस्तों हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है यूट्यूब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है और आप इससे अपने सब्सक्राइबर भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा है ये और आपको सब्सक्राइबर भी गेंद करवा के देगा दोस्तों हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मेरा नाम है सज्जो तवर और, और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हब दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं आप अपने सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइबर गेन करवाए हैं हजार सब्सक्राइबर तो ये मान के चलो आप एक दिन भी मुश्किल से लोगे उससे पहले ही आप अपने हज़ार सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर कर लोगे दोस्तों और व्यूज़ लाइक सब कुछ मिलेगा दोस्तों आपको मैं कैसी जगह आपको लेके जाने वाला हूँ मतलब अपने ब्राउज़र में और वहाँ से आप अपने चैनल को लिंक करिए और उससे आपने व्यूज़ सब्सक्राइबर सब कुछ मिलता वहाँ दोस्तों लाइक भी एटलीस्ट मतलब जितने चाहे आप उतने लाइक ले सकते हैं दोस्तों तो फिर चलो चलते हैं अपने मतलब वेब ब्राउजर पर और आप, आपको दिखाते हैं कैसे आप अपने सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं दोस्तों जी हेलो दोस्तों माय टूल्स टाउन पर आपका स्वागत है दोस्तों आप अपने मतलब यहाँ पर आएँगे कुछ ऐसा इंटर नजर आएगा आपको बाहर एक आ, मतलब चैनल आई क्रिएट करनी पड़ेगी मतलब उस पर अपना चैनल की जो YouTube है जो आपका YouTube लिंक है चैनल लिंक है वो वहाँ पर आप डालिए उसको सर्च करिए तो दोस्तों आप यहाँ पर आ जाएंगे सीधे आपको करना क्या होगा इसमें earn है boost चैनल है भी promotion है dashboard है आपको जैसे यहाँ like है ये second interface आ गया है इसको यहाँ बैक कर दीजिए दोस्तों फिर भी मतलब पॉइंट कोई बात नहीं अर्न नहीं हुआ कोई बात नहीं सब्सक्राइबर करिए या तो आप सीधे यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर यहाँ से सीधा ही आप बैक कर सकते हैं देखिए दोस्तों दो क्रेडिट एड हो आप इसको मतलब वेरीफाई कर दीजिए कोई बात नहीं इसमें तो और यहाँ पे आप अपने मतलब बूस्ट चैनल है ये दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों एक लाइक इज इजकल टू वन क्रेडिट और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों सब्सक्राइबर देख सकते हैं वन सब्सक्राइबर इजकल टू टू क्रेडिट ठीक है दोस्तों तो फिर मतलब अपने पास तीन क्रेडिट हो चुके हैं बहुत ही आसानी से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉइंट जो कर अर्न कर सकते हैं दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है और ऐड प्रमोशन प्रो, पर करेंगे देखिए क्रेडिट स्पेंड मतलब दो क्रेडिट जा चुके हैं अपने पास तीन तीन थे ये देखिए दोस्तों ऊपर देखा है आप क्रेडिट मतलब एक बचा हुआ है अभी और इसके लिए मतलब अपना यूट्यूब सब्सक्राइबर है ये देखिए दोस्तों दो जा चुके हैं और एक रिक्वायरमेंट है इससे आप अपने मतलब यूट्यू यूट्यूब चैनल को बढ़ा सकते हैं इसमें आप ट्रैफिक ला सकते हैं दोस्तों ऐसे ही जैसा कि आप अपने देखा मैंने जो अभी मतलब तरीके बताए हैं इस तरीके से आप अपने वेब ब्राउज़र से या फिर माई टू स्टाउन से आप कितने जल्दी सब्सक्राइबर गन कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही तरीके में आपको लेकर आता हूँ दोस्तों जैन्यन तरीके होते हैं ये इसमें ये नहीं होता कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों वो आपको टेक्निकल फील्ड में आप अगर हैं तो वो सब्सक्राइबर भी आपको टेक्निकल फील्ड के मिलेंगे दोस्तों और वह आपके सारी वीडियो वॉच करेंगे दोस्तों ऐसे ही दो मतलब तरीके और अपने यूट्यूब को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं दोस्तों उसके लिए मेरे साथ बने रही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त इन्फॉमेशन हब थैंक यू